थर्टी थ्री डिसम्बर के 11 तारीख को लॉन्च होने वाले हैं और उसके इमेज के रेंडर्स आ चुके हैं ये है शाउमी 30 के इमेज देखिए कैसा मोबाइल है आपको कैसा इंटरेस्टिंग और ये है शॉमी 30 प्रो जिसमें आपको वॉच और ईरबड्स देखने को मिलते हैं में मैंने आपने टेलीग्राम चैनल की लिंक दे दिया है अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर से सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में मुझे बताना क्या आपको ये दोनों स्मार्टफोन कैसे लगे अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो चाहिए तो इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए